你有人啊我最要賺เงิน了你有人啊娜迪娜迪娜迪娜迪娜娜迪娜我家裡你有人啊旁邊的牆頭把別 कई सन अरे रे रुक जा के नागमणी लेके जाफी शिवक बर्फी तेरी झलक पुष्पा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं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 हेलो मैं मारूंगा तुमको 哦,no,no,no,no。還有點。哦,拜,哎。哎。我這邊半的了,喲。哎,拜,拜。最最賺เงิน。有人。有人。啊。 <laughs> को दे ऐसे खाऊंगा ऐसे ऐसे चाट सारा खाना ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये क्या है, प्यार हो गया है आपको हमसे बहन <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> अरे हो रहा है वो मारे अस्त तो तुम क्या हो रहा है so so so shridevin oh no no no no <laughs> <exhibifying> <Schree Dü outropex> shri guru charan sarojujee nij man ko sudha टे काट रही लेकिन <laughs> काट रही है थो। <laughs> ले है नागमणि लेके जा No! No! No! No! <laughs> no. <laughs> दे ऐसे कहूँगा ऐसे ऐसे चार जमुई सारा खाना ऐसे ऐसे ने देखी पानी, पानी बाय बाय टाटा